ये मुन्ना मेरा देवर और मेरा छोटा भाई देखा ऐसा क्या है सनी पाजी की मार में कि सनी पाजी ने सबको एक एक मुक्के मार हवा में तैरने लगे और सनी पाजी ने देखा मुड़के और निकल लिए वो हवा में तैर रहे हैं लोन्ो लूडियो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि हमारे बॉलीवुड के हीरो ग्रेविटी सबकी वाट लगा देते है धो डालते हैं तेल लगा देते नहीं खा जिसकी बंदे की धरती माँ हो उसको तो खा कोई भी कुछ नहीं कर सकता ग्रेविटी तो कुछ भी नहीं कर सकता देख सकता शेट्टी ने ये उड़ के लात मारी फिलइंके को शाहरुख खान हवा में उसके बाद शेट्टन्ना फिर आए कार चटकाई शाहरुख खान फिर भी हवा में उसके बाद ये टेनी मारी एल को मारा फिर भी शाहरुख खान हवा में उसके बाद तो खा फिरकी शाहरुख खान हवा में सुनील शेट्टी तो कफलेज से भी तेज़ हो गए थे अभी हाल ही और वैसे भी उनकी धरती माँ है तो कुछ भी नहीं कह सकते उनके बारे में तो इस सीन में हम देखते हैं सलमान खान जख्मी हो चुके हैं और उनको ऑटो में बैठाल के अस्पताल ले जाया जा रही है और उनके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं और सोनी शेट्टी टैंक लेके आ गए देख सकते अपने भाई सलमान खान को बचाने के लिए खास वीडियो में तो ज्यादा हद हदून लगी है कि रोडों पर टैंक दौड़ना सोन शेट्टी क्या कर लिया ये पागल हो गया इसको लगता है रेट्टी में से भागना ही पड़ेगा आखिर <laughs> <laughs> तो इन भाई साहब ने जमीन पर पैर मारा और चार घुंडे हवा में उड़ गए लटक गए खाबो हाँ तो लटक गए और फिर इसने ग्रेविटी की इज्जत ना करते हुए चुटकी बजाई और ये चारों ज़मीन पर आ गए खा गए तो हम लोग अपन लोग नॉर्मल लोग हैं क्रिकेट की बॉल को टप्पा दिलवा सकते हैं लेकिन ये लोग बंदों को टप्पा दिलवा देते है और इसके बारे में आप जानती हो गई कौनिया सिंह बाजीराव सिंह तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे में तो दादा ये अपना सिग्नेचर स्टाइल दिखाया और उसको देखते विलन ने अपनी होश वबाश खो दिए वो डर के घबरा गया भेरा गया उसके बाद मिथुन दादा पीछे पलटे दीवार पे अपनी दोनों लातें मारी और उल्टा उल्टा शुरू कर दिया मिथुन दादा ने आप सब देख सकते हैं मिथुन दादा उल्टा उड़ना है हमने सुपरमैन बेडमैन आयरमैन कौन कौन से मैन ने सबको सीधा उड़ते देखा था लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया और मिथुन दादा को हुआ देख के वलन की चीँें छूट गई क्योंकि अब देख सकते टट्टी वार आने वाली लगता है उसकी उसके बाद मिथुन दादा ने उसकी आँखों में उंगलियाँ घोप दी अपनी और उसकी चीखें निकल नहीं बुरी तरह है। उसको मिथुन दादा ने अपना सिग्नेचर स्टाइल एक और बार दिखाते हुए शायद ये नागिना को प्रभावित करने वाला कोई तरीका आएगा पीछे वो बंदा चीख रिया है चिल्ला रहा लेकिन मिथुन दादा अपना सिग्नेचर स्टाइल दिखाने में यहाँ पर बिजी है आखिरकार वो शख्स मिल गए जिसका पूरा बवंडर हरीके मरिक सबके पीछे अपनी टांग हैगी यही वो बंदा जिसकी टाँग हैगी इन सब के पीछे ये घर बैठ के अपनी टांग से गोल गोल घुमाता और बवंडर बनाता आएगा और ये देख सकते हैं आप किस तरह ये बवंडर बना है गोल गोल टूटू करा और बन गया बवंडर उसके बाद उसने ये दोनों को उठा के फेंका वो दोनों हवा में लटक गए उसके बाद इनने थोड़ी सी स्टाइल मारी और वो दोनों वापस के दोस्तों आप लोग अपनी आँखें मल लीजिए क्योंकि हम आपको एक ऐसा सीन दिखाने वाले हैं जिसमें एक टांग से गाड़ी चलती है हाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं मिथुन दादा एक टांग से कर हैं एक टांग से घुमा हमारा है और दोनों हाथों में बंदूकें की तो ब्रेक क्लच काय से चला रहा है शायद हो सकता है वो अपनी पर्सनल तीसरी वाली टांग से वो सब कर रहे हैं तो इस सीन में हम देखते हैं हमारे हीरो ने अचानक मोड़ कर देखा पीछे से ट्रेन आ रही और उसका दोस्त गाड़ी में फँसा हुआ और गाड़ी ट्रेन की पटली पर अब देखते हैं क्या करता है हमारा हीरो शुक्र है तो हमारा हीरो ने अपने दोस्त को बचा लिया है और ट्रेन देख सकते हो गाड़ी को ट्रेन उड़ा दिया है उसके बाद हमारा हीरो दौड़ लगा रही ये क्या कर रही है साइड में जो क्या कर रही है अचानक हमारा हीरो फ्लेज से भी तेज भागने लगाएगा तो आप देख सकते हैं ये बंदा ट्रेन से भी तेज़ भाग रही और कंधे पर एक बंदे को लादा हुआ उसके बाद ये दौड़े जा रही है दौड़े जा रहा है ये बंदा ट्रेन से टे, तेज जितेज दौड़ता जा रही है साबित हो रही है ये बंदे की अकल घटनाओं में आपे बस कर दे रोक जाए क्या कर रही है कम से कम साइड में हो जाए तोड़ के हो रही ट्रेन के आगे साइड में नहीं हो पाया आखिरकार वो साइड में हो गया ओ माय गोड साइड में हो गया हमारा हीरो बच गया उसकी अकल घटनों में से बाप दिमाग में आगे ही लगता है वो बंदे ट्रेन लाइए वो ट्रेन के सामने दौड़ रही है यह नहीं की साइड में हो जाए